हेलो माय डियर स्टूडेंट अब जो मैं आपके सामने बायोलॉजी का टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक है ह्यूमेन ओभम इसी को ऊ भी कहते हैं हिंदी हुआ मानव अंड या इसी को ऊ टीड भी कहते हैं अब देखिए वास्तव में उटीड है क्या ह्यूमेन एंड है क्या तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में एक लिंगी जीव है इसमें नर अलग होते और मादा अलग होते हैं और इसमें जो प्रजनन की क्रिया होती है वो लैंगिक प्रजनन होती है तो लैंगिक प्रजनन में क्या होगा कि नर से नर युगमक और मादा युगमक का संयोजन होता है तो यह जो उटीड है ओभम है या क्या है मादा युग्मक है यानी यह मानव मादा युग्मक को ही हम लोग क्या कहते हैं ओभम या अंड कहते हैं जैसे हम युग्मक की बात करते हैं तो युग्मक का तात्पर्य हो गया अर्धगुणित कोशिका से मतलब इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया से होता है अतः यह क्या होते हैं हेप्लोइड होते हैं अतः क्या होते हैं हेप्लुड और हेप्लॉयड को हम लोग एन से सूचित करते हैं और इसमें जो गुणसूत्र का विन्यास होगा वो बाइस प्लस एक्स होगा यानी ये पूछा जा सकता है कि मानव मादा में गुणसूत्र होते हैं तो आप लोग क्या कहिएगा बाईस प्लस एक्स ट्वेंटी टू प्लस एक्स होते हैं अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमेन ओव ये डायग्राम हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ या ह्यूमेन कहिए या डायरेक्ट लिख दीजिए फीमेल ओ वी यूएम और ब्रैकेट में ह्यूमेल लिख लीजिए मानव मादा के अंड की संरचना हिंदी क्या हो गया मानव मादा मादा के अंड की संरचना आप देखिए मानव मादा का जो अंड होता है ना वो लगभग गोलाकार होता है अधिकांश किताब में लिख देता है ये गोलाकार स है अरे गोलाकार थोड़े है ये लगभग गोलाकार है गोलाकार प्रतीत होता है इसका जो डायमीटर है ना एवरेज डायमीटर 100 या जो यहाँ से यहाँ से यहाँ की बात करते हैं ये डायमीटर हुआ इस डायमीटर यह डायमीटर कितना होता है यह एक माइक्रोन मीटर के लगभग होता है ये 100 माइक्रोन मीटर के लगभग होता है अब देखिए मानव जो अंड है इसका क्वालिटी अलग है यह क्या है और कवचीय है यानी नन किलिडोइक नन किलोडोइक वैसे अंड को कहते हैं जिसके ऊपर कठोर आवरण नहीं होता कठोर आवरण ऐसे समझिए आप लोग अंडा खाते होंगे मुर्गियों का तो अंडा के ऊपर से जो छिलका हटाते हो तो वो उसे को कवच कहते हैं शेल कहते हैं तो ये कवच मानव अंडे में मानव मादा अंडे में नहीं होता अतः अत्ये अ कवचीय कहते हैं नन क्लिडोइक कहते हैं और दूसरा इसमें पीतक भी नहीं होता पीतक यौल्क पीले रंग का जो अंड अंडा जब खाते काटते तो पीले रंग का जो भाग है वो योल्क है तो वह योल्क इसमें नहीं होता है तो इसे क्या बोलते हैं एली शीथल यानी अपितकी तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि मानव का अंड होता है आप टाइप देता है, ये अभी हम नहीं बताने जा रहे हैं कि अंड ये अपितकी क्यों है या कोई दूसरा भी होता है कि बारे में हम अलग वीडियो आपको बना के दे देंगे कि पीतक के आधार पर अंड का प्रकार टाइप्स ऑफ हेग ऑन द बेसिस ऑफ योल्क तो योल्क के आधार पर जब मैं एक का प्रकार बताऊंगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि एलिशी थल प्रकार के जो अंड हैं वो किस प्रकार से होते हैं तब आते हैं एकदम इसका फूल जो स्ट्रक्चर पर तो ये जो अंड है ये कहाँ बनेगा ये अंड मादा युग्मक है और युग्मक का निर्माण कहाँ होता है युग्मक का निर्माण जहाँ होता है उसे गोनेड और हिंदी में जनत कहते हैं तो मादा जनत में बनेगा तो मादा जनत को क्या कहते हैं मादा जनत को ओभरी कहते हैं मादा जनत को ओवरी का अंडासे में थी यानी अंड का निर्माण कहाँ होगा अंडासे में होगा मादा जनद अंडासे में होगा देखिए कई बार बच्चे याद करके आते हैं डिफ्रेंट के सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब याद करके आते उसके अलावा आते पर के क्या ये कोशिका विभाजन में हाँ कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते कौन कौन तो समसूत्री और अर्धसूत्री अब स्टैंडर्ड टेन में टीचर पहला ही लाइन लिखाते समसूत्री विभाजन सभी कायिक कोशिका में होती है और अर्सूत्री विभाजन जनन कोशिका में होती है यहाँ तक बच्चे रट के आते हैं दसवा जब करके आते वो मेरे पास यहाँ तक रट के आते लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कायिक कोशिका किसे कहते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे कि आप में से एक भी शायद जवाब नहीं दोगी या एक आध कोई जवाब दोगे बता सकते हो कोई कोई बोलो तुम तुम तुम बता सकते हो या जो ऑनलाइन अभी देख रहे हो वो बता सकते हो नहीं बता सकते काय किससे कहते क्योंकि आपको बायोलॉजी का मतलब समझा दिया जाता है कि इसे रट के पास कर लोगे इसको पढ़ोगे पास कर लोगे आसान हो गया बायोलॉजी आसान नहीं है बायोलॉजी डिफिकल्ट है क्योंकि देखो इंजीनियर बनने वाले की संख्या लाखों में होती है डॉक्टर बनने वालों की संख्या हजारों में मात्र होती है और वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री समान है तो अंतर क्या इंजीनियरिंग में मैथ और बायो में इधर क्या है डॉक्टर में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी आसान आता तो डॉक्टर बनने वालों की संख्या लाखों में होती तो आसान नहीं है बल्कि टीचर ने इसे चूंकि स्टेटमेंटल क्वेश्चन होते याद करवा दिया बच्चा पास कर गया तो आसान समझता है लेकिन उन्हें आपको जैसे नहीं पता है कोई बता सकते हो फिर एक बार बोल जो जानते हो बाबू जो जानते हो तो बताओ गलत हो तो गलत लेकिन जवाब दो रिप्लाई दो तो मेरा कहने का तात्पर्य यह हो गया कि वहाँ पे आप केवल रट लेते हो बायोलॉजी को लेकिन यहाँ पे जब मेरे बायोलॉजी हमें पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं हम समझाने पे बिलीव करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या होते हैं ये जनन कोशिका ये जनन कोशिका अमरसुति विहाजन से होता और चूंकि यह क्रिया कहाँ हो रही है अंडासय हो रही है तो जनन कोशिका कहाँ पाई जाएगी अंडासय में याद रखना मानव मादा में जनन कोशिका अंडासय में जबकि नर में जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है बिरसन में पाई जाती है और वहीं जनन कोशिका मरुसूति विभाजन होती है और उसको छोड़ के इवेंट टेस्टिस का भी अधिकांश कोशिका क्या होता है काय कोशिका ही है अंडाशे का भी अधिकांश कोशिका क्या है काय को शिकाया जनन कोशिका मरुसूति विभाजन से मादा में क्या होता है अंड का निर्माण होता है अब देखिए ये क्या है एक सौ बाई का होता है और ये लगभग गोलाकार होता है इसके सबसे बाहर के भाग को कोरोना रेडी आटा कहते हैं देखो कोरोना अभी बड़ा फेमस सब चल रहा है कोरोना रेडी आटा देखो अभी कोरोना से तुम लोग त्रस्त तो हो और कोरोना कोशिका कोरोना कोशिका बात कर रहे हैं वायरस नहीं कर रहे ठीक कोविड नाइन्टीन बात नहीं करो कोरोना कोशिका कहाँ पाए जाते हैं ये जो मानव मादा कांड है इसके बाहरी भागों को घेरे हुए जो छोटे छोटे ये जो फॉलिक्यूल टाइप की संरचना देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं कोरोना रेडियाटा कहते हैं कोरोना रेडियाटा के नीचे का स्तर जो होता है या यूँ कहे तो कोरोना रेडियाटा पे लगा होता है उसे जोना पेलू कहते हैं उसे जो न जो कहते हैं हिंदी मीडियम वाले को से देखोगे मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ इसे जो ना कहते हैं आप देखिए जोना पेलुसिडा और इसका जो कोशिका द्रव्य है किसका अंड का जो कोशिका द्रव्य है उसको घेरे हुए अस्तर के बीच में ही यहाँ पर थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है ये भाग देखिए इस भाग में दो छोटे छोटे ये नंबर आप लिख ये दो छोटे छोटे पोलर बर्ड होते हैं इसे तार इसके, इसमें क्या होते हैं दो छोटे छोटे पोलरबर्ड होते हैं जिसे हिंदी में हिंदी में क्या कहते हैं क्या कहते हैं हाँ ध्रुवकाय कहते हैं हिंदी में इसे ध्रुव काय कहते हैं और इसकी संख्या कितना है दो गो ये कितना है दो गो होता है ठीक अब देखिए ये जो मैंने परिधि की ओर बनाया लेकिन वास्तव में ये देखो ये पूरे पूरे इसको शिका द्रव्य में मतलब अंग के अंदर जो द्रव्य है ना पूरे में ये जो गोलाकार ये जो संरचना पाए जा रहे जो खासकर हमने परिधि की ओर बना दिया था अभी बीच में दिया हूँ इसे क्या कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ये भाग क्या है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है और ये निषेचन के वक्त बहुत बड़ा काम करता है जिस समय हम रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे ह्यूमेन में फर्टिलाइजेशन तो उसमें इसकी क्रियाविधि बताएंगे कि बहुत बड़ा योगदान करता है ये ओवरलैपिंग को रोक देता है यही क्या करता है एक शुक्राणु के बाद दूसरे शुक्राणु के अंदर प्रवेश करने से रोकता है और इसी में बीच बीच में बिखरे हुए क्या पाए जाते हैं माइटोकोन्ड्रिया माइटोकड्रिया ठीक माइटोकोन्डिया पाए जाते हैं आप देखिए इस पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर में जो एक ये संरचना ये जो बड़ा सा संरचना आप देख रहे हो ना यही संरचना क्या है न्यूक्लियस है यही संरचना क्या है न्यूक्लियस है केंद्रक है और इसके केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसे न्यूक्लियो केंद्रक द्रव कहेंगे केंद्र के अंदर जो द्रव होगा उसे क्या कहें केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियो इसको बोलेंगे ये पूरी संरचना निक्लियस है जो कि हेप्लोइड होती है इसकी निक्क्स क्या होती है हैप्लॉयड होती है क्योंकि ये युग्मक है और मैंने पहले ही बताया कि युग्मक जो होते हैं यानी गेमिट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं क्योंकि ये अर्सूत्री विभाजन से निर्मित होता है और चूंकि ये मानव का अंड है मानव का मादा युगमक है तो इसमें जो गुणसूत्रीय विन्यास मैंने बता दिया ट्वेंटी टू यानी टोटल कितना हो गया 22 टू प्लस वन यानी x को एक मान लोगे तो ये कितना हो गया तेईस इस इसमें गुणसूत्र की संख्या तेईस होगी यानी हेप्लाइड होगी ठीक अब बात करते हैं इसके अंदर जो द्रव है या जो द्रव है इसे कोशिका द्रव कहते लेकिन चूंकि ये किस में पाया जा रहा है अंड में पाया जा रहा है अंड को अंग्रेजी में क्या है? कहते हैं ओभम कहते हैं या ओ कहते हैं तथा इसका नाम दे दिया गया क्या दिया गया ऊपलाद यानि ये क्या है अंड का साइटोप्लाज्म ही है साइटोप्लाज्म प्लाज्म यानी कोशिका कोशिका दर है लेकिन चूंकि अंड में पाया जा रहा है इसका नाम क्या दे दिया ऊप्लाज्म दे दिया इसका नाम ऊप्लाज्म रखा गया ठीक अब देखिए यह जो मेम्ब्रेन जो बना हुआ है ना ये जो मेम्बरेन बना हुआ इस मेम्ब्रेन को यानी जो क्या है वो को घेरे हुआ है जो वो को घेरे हुए जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं उलीमा कहते हैं इस मेम्ब्रेन को उलीमा कहते हैं हाँ यही होगा ओ डबल एल एम ये क्या है इस पूरे मेम्ब्रेन को घेरे हुए संरचना क्या कहते हैं उलीमा कहते हैं तो इस प्रकार से क्या है ये छोटा सा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल ओभम या कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमेन फीमेल ओभम यानी मानव मादा के अंड की संरचना और इसमें देखिए जैदा आपको कंसंट्रेट क्या होना है कि डायग्राम को देखिए डायग्राम को देखिए और भाग को पहचानिए रटना नहीं है इसे रटना नहीं है आपको क्या करना है डायग्राम को देखना है और इसके भाग को पहचानना है ऊपर के भाग को क्या कहते हैं तो करोना रेडियाटा कहते हैं उसके नीचे का जो भाग एक जिस पर करोना रेडियाटा लगा रहता है उसे जोना पेलूशीरा कहते हैं और जोना पेलूशीरा का जो आंतरिक स्तर उसी को उलीमा कहते हैं और उलीमा क्या करता है अंड के साइटोप्लाज्म को घेरता है जिसे ओ कहते हैं और साइटोप्लाज्म में केंद्रक पाया जाता है जो कि हेप्लोइड होता है और इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 है बीच बीच में माइटोकोन्डिया है जो कि अंड को एनर्जी प्रदान करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल बड़ा सा गोलाकार संरचना चारों परिधि की ओर से आप जिससे देख रहे हैं इस संरचना को कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं अब रही बात ये क्या है ध्रुव है पोलर बड़ी है जो संख्या में दो होता है और ये कहाँ जोना पेलुशीडा मतलब ऊपर के लेयर और नीचे का जो उलीमा है ना ये देखिए उलीमा तो ये उलीमा और ये ऊपर वाला क्या हो गया जोना पेलुशीडा इसके बीच में जो जगह है उसमें क्या पाए जाते हैं पोलर बॉडी पाए जाते हैं अब आप देख रहे होंगे कि हमने दो टर्म लिखा है यहाँ पे एक एक एनिमल पोर्ड लिखा और यहाँ पे वेजिटल पोर्ड लिखा देखिए जैसे पृथ्वी को कहते हैं ध्रुव या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ध्रुव का पोल होता है उसी तरह से यहाँ पिछके दो भाग जिस साइड में पोलर बडी पाए जाएंगे जिस साइड में क्या होगा पोलर बडी होंगे उस साइड को क्या कहेंगे एनिमल पोल कहते हैं उससे क्या कहते हैं जंतु ध्रुव कहते हैं एनिमल पोल कहते हैं और जिस साइड में इसके एनिमल पोल के ठीक विपरीत को क्या कहते हैं वेजीटल पोल कहते हैं उससे क्या कहते हैं बर्दी ध्रुव वेजीटल मतलब वर्दी ध्रुप कहते हैं इस तरह से क्या हुआ मानव अंड की संरचना हुई जिसे कि आप लोग कंसंट्रेट होकर देखिएगा आप स्क्रीनशॉट शॉट जैसे वीडियो चला रहे हैं आपको डायग्राम समझने में दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे यूट्यूब पर को वहाँ पाउज कर दोगे और पाउज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे तो ये डायग्राम आपको एकदम साफ साफ नजर आएगी और देखिए पहला ये डायग्राम है जिसमें मैंने कोशिश किया है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा कि हिंदी मीडियम वाले को भी समस्या नहीं हो और इंग्लिश मीडियम वाले को भी समस्या नहीं हो यदि आपको मेरा टॉपिक पढ़ाना अच्छा लगा और यदि आप इसे समझते हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दाब के आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइएगा जिससे कि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप आसानी से इस लॉकडाउन में घर बैठे आसानी से फुल टॉपिक फुल बायोलॉजी टॉपिक को घर पर पढ़ सकते हो धन्यवाद